हेलो गाइज वेलकम बैक टू अर चैनल किस कमर आज हम लोग बात करने वाले हैं आप दूसरे सर्वर में कैसे जा सकते हैं तो आज मैं दिखाऊंगा विदाउट एनी वीपीएन यानी बहुत बंदे जो है ना वी यूज़ करके आप कैसे जा सकते हो ये तो बहुत बंदों ने आपको यूट्यूब पे बताया होगा या ना बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए हो और मैं आज बात करने वाला हूँ बिना किसी वी की डायरेक्ट आप ईजी ट्रिक ऐसा ईजी ट्रिक बताऊँगा ना यार कि आप मतलब एक एक बार क्लिक करो और डायरेक्ट दूसरे सर्वर में पहुँच जाओ ओके यज तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाली है एंड तक बन रहे हैं एंड चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे ही हम लोग इजी इजी ट्री आप लोगों को बताते रहते हैं तो वीडियो आप तक पहले पहुंचे इसलिए सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल पे सेलेक्ट करना मिले ओके आई तो चलिए वीडियो टाइम वेस्ट किए वे, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आज हम लोग बताने वाले हैं डायरेक्ट आप बिना किसी भी के आप इंडोनेशिया सफर में कैसे जा सकते हैं ओके आई तो सबसे पहले आज जाना है आपको गेम में जिस जिस भी से आप गेम प्ले करते हो या फिर जो आपकी पुरानी आईडी है फिर कोई भी आईडी एक ओपन कर लो तो चलिए मैंने ये वाला आईडी आप ओपन कर लिया है जैसा आप लोग देख सकते हैं ये हमारा इंडियन सर्वर में आईडी है ओके इस और जो भी बंदे देख रहे हैं आप देख सकते हो इंडियन सर्वर का आईडी है ग्रोजा ये जो अभी हाल ही में है यानी टूडे का इवेंट है ये तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सेटिंग पर क्लिक कर दिया और आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा इंडियन सर्वर रीजन जो इसका है इंडियन है और अभी हम इंडिया के सर्वर में हैं और अभी मैं बताऊंगा आप इंडोनेशिया के सर्वर में कैसे जा सकते हैं तो आपको ऊपर आ जाना है यहाँ पे लॉन्ग्वेज लिखा होगा लॉन्ग्वेज पे सिलेक्ट करना है और मेरा ऑलरेडी इंग्लिश है तो मैं यहाँ पे इंडोनेशिया सेलेक्ट कर देता हूँ तो आप एकदम इजी ट्रिक बता रहा हूँ इस शुरू से अंत तक देखना है वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आएगा अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा का आई मिलेगा आप वहाँ पर मेरे को मैसेज करना मैं वहाँ पर और इजी तरीके से बताऊँगा तो आप यहाँ पे इंडोनेशिया सेलेक्ट कर लेना है और देन इसके बाद आपको ओके कर देना है ये हमको रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है तो चलिए फटाफट से हम आ जाते हैं यहाँ पे ओके कर दिया हमारा लैंग्वेज जो है इंडोनेशिया में सेलेक्ट हो चुका है तो फिर हमको यहाँ पे कट कर देना है फिर डायरेक्ट स्किप कर देना ओके एस मैंने कर दिया इस्किप कर दिया और यहाँ से हमको इसको हटा देना है तो मैंने इसको हटा दिया और फिर से हम आ जाते हैं यहाँ पर ओपन कर लेते हैं फिर से फ्री फायर और इसके लिए मैं बता दूँगा इस आपको एक न्यू अकाउंट यानी ईमेल अकाउंट की जरूरत पड़ेगी कोई भी सर्वर में आप जाते हो तो सबसे जो मस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपको न्यू ईमेल क्रिएट करना होगा या फिर ऑलरेडी अगर आपका ईमेल है उससे भी काम हो जाएगा अगर उससे फ्री फायर का आपको कोई अकाउंट खुला ना हो ओके आइज तो चलिए आप गेम ओपन करते हैं एंड आपको बताते हैं आगे क्या करना है आगे का जो प्रोसेस है बिल्कुल ईजी है आप लोग अगर फर्स्ट वाला प्रोसेस कर लिए होगे तो यहाँ पे आप आसानी से पहुँच जाओगे ओके तो चलिए अभी गेम अपना ओपन कर लेते हैं और गेम ओपन होने में थोड़ा बहुत टाइम ले रहा है नेटवर्क भी प्रॉब्लम है और क्या बोले यार तो अभी देखते हैं कितना टाइम लेता है हमारा गेम ओपन होने में और यहाँ पर मैं आपको एकदम देखना मतलब यहाँ पर मैजिक सा होने वाला है तो चलिए मेरा ये आ चुका है मेन आई अभी इसको हम लो लोग लॉगआउट करेंगे आपको यहाँ पर क्लिक करना है देख सकते हैं नीचे यहाँ पर गेस्ट के साइड में क्लिक करना है अपने गूगल से जो भी अकाउंट बनाया है आपको यहाँ पे जस्ट साइन इन पे क्लिक करना है और जो आपका न्यू अकाउंट है गूगल से अगर आपका न्यू अकाउंट है उस पर कोई भी गेम प्ले नहीं किए हो तो आप वहाँ पे साइन इन करना अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नीचे जाके एड अकाउंट पे क्लिक करके कोई भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो तो मैं अभी यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ तो आप देखना है यहाँ आगे जो होने वाला एकदम जादू सा होने वाला है ओके तो चलिए यहाँ पर हम लोग ओके कर दें हैं तो फर्स्ट बार जब आप गेम ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप का आपको स्क्रीन में दिखाई देगा तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आप समझना है यहाँ पे आपको कोई भी तीनों में से एक सेलेक्ट कर लेना है तो हम बिगिनर सेलेक्ट करते हैं बिकॉज यार स्टार्टिंग में ही हम खेल रहे हैं ना तो चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है नेम का तो यहाँ पर हम लोग कोई भी नाम अपना डाल देते हैं तो चलिए नाम डाल के हमने ओके कर दिया है जस्ट इसके आगे वाला स्टेप आपको दिखाते हैं करना क्या है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं ओके okay, गाइस तो आगे वाला स्टेप आ चुका है आप इस सीन पे अभी देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेलेक्ट लैंग्वेज का आगे ऑप्शन यानी आप इंडियन सर्वर में जाना चाहते हैं या फिर इंडोनेशिया सर्वर में तो हमको जाना है यहाँ पे इंडोनेशिया सर्वर में ओके okay, गाइस तो हमको इंडियन सर्वर ऑलरेडी सेलेक्ट था हमने इंडोनेशिया सर्वर में सेलेक्ट कर दिया देन इसके बाद हमको ओके करना है तो यहाँ पर हमने ओके पे क्लिक कर दिया है ओके okay, गाइस तो हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने गेम में और अभी देखते हैं आपको दिखाते हैं यहाँ पे हमने फाइनली इंडिया सर्वर से इंडोनेशिया सर्वर में आए हैं या नहीं तो यहाँ पे हम लोग सेटिंग पे क्लिक करेंगे और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं रीजन यहाँ पे इंडोनेशिया सर्वर हो चुका है तो गाइज देख सकते हैं कितना ईजी ट्रिक था इंडोनेशिया सर्वर में हमने फाइनली आ चुके हैं और अभी दिखाते हैं इसमें क्या क्या इवेंट्स चल रहे हैं ओके यही आप देख सकते हैं बोया मरकुंडा मतलब कुछ अलग अलग टाइप के ही इवेंट इस में चल रहा है और ये देख सकते हैं गाइज़ हैकर स्टोर जो अभी इंडियन सर्वर में आया नहीं है ये आपको बहुत जल्द इंडियन सर्वर में भी देखने को मिलेगा एंड देन ये देखिए गाइज गेमिंग डाइस ब्लू वेव वाव लिटरली मतलब क्या ही अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग मतलब इतने सस्ते आइटम्स दे रहे हैं यार दूसरे सर्वर में एक गोल्डन स्पार्क मतलब बहुत सारे इवेंट हैं जो चल रहे हैं हमारे दूसरे सर्वर में इंडोनेशिया सर्वर में तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि इंडिया से इंडोनेशिया सर्वर में कैसे जाएं और बिना किसी वीपीएन के अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आपको अगर ये वीडियो समझ में नहीं आई हो कि इंडोनेशिया सरोवर में कैसे जाते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें आप बिल्कुल इंडोनेशिया सरोवर में पहुँचेंगे अगर नहीं पहुँचे तो फिर आप हमारे यहाँ पहुँचें आप ज़रूर पहुँचा दिए जाएंगे ओके आई तो हाईय वीडियो आपको अच्छी लगेगी आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं और अदर्स हम कैसे जा सकते हैं